बैतूल में बस और टवेरा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें टवेरा में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई हादसे को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दुख व्यक्त किया राजपूत ने कहा प्रारंभिक जांच में टवेरा चालक की गलती सामने आई है वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है बैतूल में सड़क हादसे के दौरान ग्यारह लोगों की मौत हो गई जिसमें तीन महिला छह पुरुष और दो बच्चे शामिल है बता जा रहा है की ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से मजदूरी करके महंत गांव और चिखलाई जा रहे थे उसी दौरान यह हादसा हुआ वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हादसे पर दुख जताया है उन्होंने कहा मृतकों के परिजनों को पंद्रह हजार की मदद की गई है और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गलती टालक की थी ड्राइवर रोंग साइड से गाड़ी निकाल रहा था जिससे यह हादसा हुआ बैतूल से प्रगाशपुरा रोड पर झल्लार के पास जो घटना घटी है बस और टवेरा गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है 11 मजदूरों की मौत हुई है निश्चित ही बहुत ही दुखद है ये सारे मजदूर महाराष्ट्र से मजदूरी करके अपने गाँव महदगा और चिखलाई की तरफ आ रहे थे सुबह करीब दो से ढाई बजे की घटना बताई जाती है प्राथमिक तौर पर मैंने वहां कलेक्टर से आर टी अधिकारियों से चर्चा की तो बताया गया कि प्राथमिक तौर पर एक समझ में आ रहा है कि ड्राइवर अब तबेला गाड़ी को रॉन्ग साइड लेके चला गया हो सकता है उसे नींद आ गई हो या हो सकता कोई और बात हो चूंकिबेला में कोई व्यक्ति बचा नहीं है लेकिन चूंकि ट्राफिक तो पर गलती के ड्राइवर की समझ में आ रही है बस खाली थी बस में ड्राइवर कंडक्टर अकेले थे बस घाटी से उतर रही थी और बस चढ़ाई कर रही थी और टबेरा उतर रही थी तो ये घटना बहुत ही दुखद है इसमें छह पुरुष तीन महिलाएं और दो बच्चों की मौत हुई है आ, सभी परिवारों के लिए सौ देने के साथ साथ जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से उनके लिए राहत राशि दी जाएगी आ, अभी प्राथमिक तौर पर उनको पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये की राशि दे दी गई है मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और जल्दी ही हमारी कोशिश होगी कि परिजनों के लिए कम से कम चार चार लाख रुपया की व्यवस्था की जाए सरकार पूरी तरीके से परिजनों के साथ है